रिवा का संजय गांधी अस्पताल आए दिन कभी अव्यवस्था तो कभी मरीजों और उनके परिजनों के साथ मारपीट को लेकर सुर्खियों में रहता है एक बार फिर ब्लड मांगना मरीज के परिजन को महंगा पड़ गया घायल का इलाज कराने आए मरीज के अटेंडर को ही अस्पताल के गार्ड्स ने घायल कर एडमिट करने लायक बना दिया अस्पताल में तैनात गार्डस ने मरीज के अटेंडर की जमकर लाज घूसो से पिटाई कर दी ये सब सीएमओ डॉक्टर अलग प्रकाश पांडे के सामने हुआ जिसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल यह भी है कि क्या जान बचाने के लिए ब्लड की मांग करना गुना है क्या सीएमओ और अस्पताल प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही नहीं है इस मामले के, के, नाम पर के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी का है वीडियो में जिस आदमी पर अस्पताल के गार्ड टूट पड़े हैं उसकी गलती यह थी कि उसने घायल मरीज के लिए ब्लड की मांग कर ली थी मारपीट प्रभारी सीएमओ तो और दंडो से पिटाई कर दी साथ ही अमिया पुलिस को सूचना देकर पुलिस को सौंप दिया बताया जा रहा है कि एक मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसके परिजनों ने नीरज मिश्रा को जानकारी दी नीरज मिश्रा एक अन्य साथी के साथ अस्पताल पहुंचे नीरज मिश्रा ब्लड लेने के लिए वहां तैनात प्रभारी सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश पांडे से बातचीत करने लगे इसी दौरान नीरज के साथी पहुंचे साथी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया इसे देखकर वहां तैनात गार्ड आक्रोशित हो गए उन्होंने दोनों लोगों पर हमला बोल दिया वहीं अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि नीरज मिश्रा के साथ जो दूसरा व्यक्ति आया था था वो नशे में को जमकर पीटा दोनों जोर जोर से चिल्लाते रहे लेकिन गार्ड्स तो गार्ड किसी डॉक्टर ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की अमिया थाना प्रभारी ने कहा कि एसडीएम प्रबंधन से शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ आवेदन मांगा है साथ ही अस्पताल कैंपस के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है अगर शराब पीकर उत्पात मचाने की बात सही निकली तो फरियादी नीरज मिश्रा और उसके साथी को भी आरोपी बनाया जाएगा घटना ये है कि पहले तो रात में सूचना प्राप्त हुई थी वही डॉक्टरों द्वारा बताया गया था की दो व्यक्ति आए हैं यहाँ पे इनके द्वारा विवाद किया जा रहा है मौके पर पुलिस पहुंच गई थी दोनों व्यक्तियों को थाने ले आई थी उन पर कार्रवाई की गयी अब आज सुबह ये वीडियो वायरल हुआ है जिसपे उन लोगों के साथ मारपीट करते हुए कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं तो वीडियो आने के बाद फरियादी को फिर से थाने बुलाया गया है उनसे डिटेल में आवेदन लिया जा रहा है जिस हिसाब से वो आवेदन देंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है उसमें देखते गार्डों के लिए तो एक पत्र लिखा जा रहा है वहाँ भी ऐसे गार्ड हैं जो पुराने हो चुके हैं और जिनके लगातार शिकायतें आते हैं उन पर कार्रवाई की जाए साथ में सीएमओ की संलिप्त और अन्य लोग जो वहाँ पे थे उन सब की विस्तृत जांच होगी आवेदन आरोप उनका कुछ ब्लड की कमी की वजह से जो भी विवाद हुआ था वो स्टार्ट हुआ था और विवाद ज्यादा बढ़ गया जिसके कार हाथापाई की नौमत आ गई थी वहीं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डी डॉक्टर देवेश सारस्वत ने बताया कि जांच टीम गठित कर दी गई है पहली नजर में दो सिक्योरिटी गार्ड को दोषी पाया गया दोनों को ही हटा दिया गया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी इस तरह अस्पताल के अंदर किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है लेकिन सवाल ये की क्या ब्लड की मांग करना किसी मरीज के अटेंडर का अधिकार नहीं है के के अवैध वसूली और परिजनों को परेशान किया जाता है पार्किंग में वसूली के लिए अस्पताल में गुंडो बदमाशों की भर्ती की गई है वही अब कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी और अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथों लिया है कि जो सरकार के हिस्सेदार हैं जो शासन में बैठे लोग हैं वो मदमस्त प्रशासन तो पूरी तरह से रात को आठ बजे के बाद ये यहाँ के जो एसपी कलेक्टर हैं ये है, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं कितनी बड़ी घटना घटी उसमें सुनने में आया है कि किसी को सस्पेंड किया किसको? गार्ड को गार्ड कोई सरकारी नौकरी वाला था क्या है अरे उसमें असरी दोषी कौन है यह ये नहीं देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरवा रहे कौन मरवा रहा पैसे के चक्कर में एक तरफ़ बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ होती है जब पार्टी माँ हुई तो कार्यकर्ता तो उनका बेटा हुआ तो अपने बेटों को मरवाने में लगे भाजपा के जिलाध्यक्ष का बयान आया कि मैं तो गांव में सो रहा था मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा तो तुझको सोने के लिए अध्यक्ष बनाया गया रीवा के विधायक का कोई बयान नहीं आया रीवा के कलेक्टर का कोई उसमें वो नहीं है भाई आपको चाहिए कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जो वहाँ पर हमने देखा है वो वीडियो देखा आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कि एक डॉक्टर हुआ मुस्कुरा रहा और उसी डॉक्टर के उसमें भी लोकायुक्त की जांच में वो दस हज़ार लेते पकड़े गए थे और उनको दोबारा उनको क्लीन चिट दे दिया गया तो जब इस प्रकार से डॉक्टर वहाँ पहले से बैठे रहेंगे जब इस प्रकार की वहाँ व्यवस्थाएं रहेंगी मरी ये तो आए दिन हो रहा है अभी दो तीन दिन पहले किसी को रात में मारे मैंने रीवा के एक बार तत्कालीन एस आकाश जिंदल को बोला था कि अपने ड्रेस को हटा करके साधारण यूनिफॉर्म में चले जाओ तो वहाँ के डॉक्टर आपको भी मारेंगे क्योंकि वो अपने आप में वो डॉक्टर नहीं पता नहीं क्या बन गए यदि इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो आप देख लेना एक दिन और भीषण समस्या है कि जनता सड़क पर उतरेगी और डॉक्टरों की जो इस प्रकार के डॉक्टर हैं जो इस तरह से डॉक्टर बने हैं इनकी तो इतनी भयानक पिटाई होने वाली है कि फिर उसकी पूरी तरीके तो से रक्षा नहीं कर पाएगी ये जो संजय गांधी घटना घटी है यहाँ तो आया जिनकी दुण होता ही रहता है अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिरी ऐसी घटनाएँ होती क्यों हैं और भी संजय गांधी में घटनाएँ क्यों हो रही है क्योंकि कोई भी वहाँ पीड़ित पक्ष जाता है कोई वहाँ पे प्रेम से खुशहाली से कोई मौज मस्ती करने जाता नहीं है जब कोई दुखी होता है किसी की तबीयत खराब होती है किसी एक्सीडेंट हो जाता है इमरजेंसी में जाते हैं इमरजेंसी के बाद हॉस्पिटल की सुविधा में डॉक्टर का हमारी ने, नेचर ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर दुखी चाहे तो उसको तो तो हंसाओ आप लेकिन जिस तरह वह घटनाएँ घटी है, हैं और ये जो घटना घटी है कल रात के बाद है इसमें तो आप भी आप समझिए कि ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर हैं कि शैतान हैं क्यों कोई अटेंडेंट जा रहा है मिलने किसी को आप उसको पकड़ के ऐसे मार रहे हो जैसे 300 सौ रुपए का दुर्दांत अपराधी हो हाँ और कौन मार रहा है जो 5000 हाँ। रुपए के संविधान में कर्मचारी बैठे हुए हैं तो इसमें क्या हाँ कार्रवाई की है प्रशासन ने क्या कार्रवाई सरकार ने और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष की पिटाई हो रही है इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है उसका जो यशस्सी मुख्यमंत्री है बीस साल का कहता है मैं चौथी बार का मुख्यमंत्री हूँ वो निरंकुश हो चुका है उसके हाथ में कोई ताकत बची नहीं है क्यों क्योंकि उसको सिर्फ क्या चाहिए ये चाहिए